केंद्र को तो वो भी प्रसन्नता के साथ इतना तो तो जरूर करेंगे और हम हम आकाश तो वर्षा करवा करवा दी है तीन से रहे हैं ये उनकी कि हम उस, उनका ही आशीर्वाद समझेंगे कि उन्होंने ये सब, सब कार्य किया है मैं आप सभी को आज की इस गुरुपूर्णिमा महोत्सव के ऊपर फिर एक बार गुरुदीक्षा देता हूं और इस कार्यक्रम में आपकी जितनी भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए गुरु से प्रार्थना करता हूं। आप सभी लोग बैठकर कर शांत चित्त से एक बार गुरुदीक्षा फिर ले लो आनंद, स्वामी मम सदगुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवो, महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मय श्री गुर आपका हाथ पर रखो राइट हैंड पर रखो और मैं जो मंत्र बोलता हूँ मेरे साथ बोलो बोलो ओम परम तत्वाय गुरुभ्यो नमः ओम परम तत्वाय नारायणा गुरुभ्यो नमः ओम ओम परमा, परमा वाय नारायणा गुरुभ्यो, गुरुभ्यो नमाहा, नमाहा, ओम ओं ह्री मम प्राण देह देया, देया, रोम रतिरोम चैतन्यग्रय चैतन्य, ओम ओ नम ओं गुरदेवताये पर प्रह्माया, पर प्रह्माया, मही, मही, तन्नो, तन्नो प्रचोदया प्रचो पांच मिनट आप शांत से गुरु मंत्र पांच मिनट प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी आज के दिन हमारी मनोरथ कामना मनोकामना पूर्ण करो और मैं उसका मंत्र आपको बोल रहा हूं <coughs> <coughs> बोलो ओम, ओम श्रीम, श्रीम, श्रीम हरीम मानस सिद्धि करी ओम नमः श्री ह्री नम ओनस सिद्धि करी ओम श्री ह्री नम ओ मनस सिद्धि ह्री ओ नम इस मंत्र को केवल पांच बार मन में दिलो और आपकी कोई भी इच्छा है बोल लो मैं गुरु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जो भी अभी आप बोल रहे हैं ऐसा मत बोलो कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊं ऐसा बोलो कि जो काम आप कर सकें हो सके ऐसे बात बोलो ऐसी मनोकामना बोल लो करना चाहते हैं सुबह सात बजे यहाँगा उनको पालका पूजन का चांस दूंगा जो भूम से सतक आये हैं रात में जाने की बात मत करो बहुत वर्षा है और सारे रोड जिधर उधर बंद हो गए हैं तो मैं तुम्हें इतना ही सजेशन देता हूँ कि आप सब लोग सुबह उठकर ही चले जाइए वो ठीक है रात में जाने से मुझे आपके पीछे आना पड़ता है फिर यहाँ भी देखना वहाँ भी देखना जहाँ भी आप जब भी जाते रहते हैं तो मुझे आपके पीछे चलना पड़ता है कभी जा रहे हैं हैं हैं तो एक बात जरूर हूं हूं हूं आपको पहुंचते ही मुझे मुझे कॉल करो इसलिए कि कि मैं पहुंचा हुआ देखता हूं कि वहां पहुंच गए ये लोग याद करते या नहीं घर होने के बाद भी जो मुझे फोन करता है तो समझ जाता हूँ मुझे भी याद कर रहे <laughs> सात बजे जो लोग गुरुपालू का पूजन आज नहीं किए हैं उन सभी को कल सुबह सात बजे चांद देता हूँ और वर्षा होने के नाते मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप कोई भी रात में जाएं अच्छी तरह आज गुरु का महोत्सव है खाना खाएं और सो जाएं और कल सुबह सात बजे यहाँ सब लोग आए क्यों ये बात भी क्यों कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ मैं इन तीन दिनों से वर्षा के कारण और ये सभी कारण आपकी सुविधाओं के कारण रात भर मैं भी ये सोचता रहा था कि कोई अच्छा सोया है नहीं खाया है नहीं तो बहुत सारे लोगों का ये कॉम्प्लेट है कि हमारे को अच्छा खाना नहीं मिला मैं प्रयत्न करता हूँ ठीक अच्छा है ना मैंने ठीक बोला है ना अच्छा खाना नहीं मिला अच्छा <zart> बात बात है तो ये बात बोलो कि हम किचड़ में नहीं चले <zart> हम तो उस गुरुचरण की धूली में चले हैं जो जहाँ होता है। मैंने सुबह आपको बताया, जब पहली बार चैतन्य महान विद्वान वहां क्यों लोट रहे मिट्टी है यहाँ तो रास हुआ था कृष्ण का और उनका इस मिट्टी को पाने के लिए तो सारे लोग आते हैं तो आप की चले हैं तो वो कीचड़ ही आपका तिलक है जहां गुरुजी अपना वास करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं रथ यात्रा करते हो लिए आपका है, है आप नंबर दो गया आप बोलो, आप <laughs> आप चौथा प्रश्न है हम सारी साधनाएं पूर्ण किए हैं किए तो है तो सभी को फिर आशीर्वाद देता हूँ पूर्ण हो कल सुबह आज तक जितनी भी साधना आपने की है सुबह आते ही शक्तिपात आप सब लोग खाना खा के कल सुबह दावत वास्तर की तरफ से है उस्मानाबाद की तरफ से आप इस बात की याद आप।, आप इस बात को याद रखें कि आपको करना है आप कल सुबह दावत लेके जाएंगे आशीर्वाद देता भगवान की yeah! खाना खाओ और अब अपनी जगह जाओ। मैं सुबह सात बजे आपको यहाँ दर्शन दूंगा जिनको पूजन या कुछ भी मिलना है आपकी शंका समाधान करना है सभी लोग सुबह मेरे पास आ जाओ गोविंद और वाक्सर जाने की कोशिश कर ऐसा दत्तु का कहना है मैं जाने नहीं दूंगा सुखल सुबह ही जाना है और खाना गोविंद को और वास्तर को बनाना बोल है बोल रहे हैं हैं आप सब लोग जिस आनंद के साथ आज ये उत्सव, उत्सव बनाए मैं समझता हूं, जहां भी गुरुजी हो सिद्धार्थम हो ग्रह पर भी हो कहीं भी हो परम पुजन जी का आशीर्वाद आज हाँ, हम सब पर है और आने वाला कल बताएगा कि निखिल चेतना केंद्र में आए हुए एक एक शिष्य दस दस दीपक को जलायेंगे दस दस मेरी तो बहुत इच्छा है मैं बहुत बहुत दिनों से ये बात आपसे कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी निखिलेश्वर जी की यह चेतना सारी जगह जागृत हो सारी जगह चैतन्यवान हो इसके लिए हमें क्या करना है चार माला आपके आप लिए करते हैं तो एक माला समाज के लिए किया एक माला सारे मैं क्या गुरु जी ने निखिल सेना नहीं बनाई है निखिल साधक बनाए और ये साधक किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने को लड़ने के लिए तैयार हो आपके भाई गुरु भाई को किसी कोई तकलीफ हो तो आप आगे चलकर कर आए हमारे पास ऐसी ऐसी साधनाएं हैं कि हम ब्रह्मांड को हिला देने की शक्ति भी रखते हैं लेकिन आप सक्षम आप में, सामर, में सामर्थ्य हो ऐसी एक भी साधना नहीं है समाज की कोई समस्या आप आपको आप लेकर गुरु ने तो गर्भ चैतन्य दीक्षा दी है गर्भ से लड़का पैदा हुआ और जाने के बाद उसके आत्मा को मुक्ति देने के बाद तक गुरु ने साधना संपन्न की है शत्रुओं की तो बात क्या हो दो मिनट में शत्रुओं के बारे में भगवान जैसी चिन्ह साधनाएं आपको है लेकिन कभी ये, ये बात याद रखो आप अपने ही लोगों पर इसका प्रयोग मत किया करो जो शत्रु की है आपको प्रयोग करना है तो हमारे उस सनातन धर्म को नष्ट करने वालों के लिए <ząderm Dans Dubai> उन लोगों के लिए जो हमारे तोड़ते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे मंदिर तोड़ते हैं हमारी भावनाओं को तोड़ते हैं उन लोगों के लिए आपको साधना करनी है एक मैं एक बात करता हूँ सिर्फ आपकी चार माला आपके और एक माला समाज और आपके सनातन धर्म के लिए आपके हिंदू धर्म के लिए और ये ये संकल्प करते हुए कि हम सादक, सादक कर कि हम हम की कल के दिन बताएंगे रहते हैं वहां से कोई दस किलो तर, कोई किलोमीटर तक किसी प्रकार की या हिंदू धर्म पर आघात नहीं करेगा करेगा तो उसका नाश हो जाएगा ये बात ये निखिल साधक है यह साधक जब जागृत होगा तो उसकी मशाल जलेगी और उसकी मशाल जलेगी तो सूर्य की आघात नहीं करेगा इस बात को लेकर चलो कभी प्रयोग अपने, अपने अपने लोगों पर करना भूल जाओ क्योंकि निखिल साधक देखते हैं गलती करते हैं तो शिक्षा जरूर मिलेगी इतनी भी बात याद रखो गलती करते हैं तो शिक्षा जरूर मिलेगी और गलती नहीं करते हैं तो आपके आपको सहायता के लिए बहुत सारे गुरु को किया है है और और केवल आपका मंत्र भी आपकी रक्षा करता है। इस बात के के लिए निखिल साधक बनो। निखिल साधक बनो और समाज के लिए निखिल निखिल समाज कोई साधना ही नहीं करेंगे और जिन लोगों ने आज हम दो साल से तो बहुत सारे शिविर खोदे हैं नहीं किए जितना भी हुए हमारे लोगों से मिलकर जुलकर चलते हैं यह गुरु पूर्णिमा शिविर आज जो हमने किया है शायद हम डेढ़ साल के बाद हम एक जगह एक जूटो खरीद के लोग मिले हैं और मिलना ही चाहिए अब आगे के शिविरों के बारे में थर्ड वेव फोर्थ वेव क्या करे ये तो पता नहीं हमने तो कौन से भी वेव में हमारी वेव चलाई है हमने कभी वेब को तो रोक किसी लहर को तो हमने रोका नहीं है न मास्क हैं मास्क किसको पहनाएं? फिर भी हम हम रक्षित हमारे हमारे पास पास सुरक्षा सुरक्षा है, सुरक्षा है, चक्र पर परंतु का का आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। एक शिविर का बार बार मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं मेरा हर जन्मदिवस गुजरात में ही होता है तो आज गुजरात केमेश पटेल और गोपी और उनकी बहन तुलसी ने कहा है कि एक बार कर दो ना तो विजयनगर साम्राज्य का, का वो सिद्ध पीठ है जो हमारे विजयनगर साम्राज्य विरूपक्ष में था और हमने निर्णय किया है की कि इस बार गुरु जन्म दिवस यानी मेरा जन्म दिवस गुजरात में जो हर साल हो रहा है दस सालों से हो रहा है वो अगला गुरु जन्मदेश गोंदल नाम के भवनेश्वरी नाम के तीर्थक क्षेत्र में बनेगा ऐसा उनका कहना है मैं चाहता हूँ तो तो बात करें इसके साथ साथ आज हम आने वाले कल में मेरी बहुत इच्छा है कि इस बार सिक्किम जाके आए थे तो लगा कि हम ऐसे महान क्षेत्र को गए हैं साधु, संत, हैं, फिर भी भी भी उस उस जमाने में कोविड कोविड था, था रहने के कारण हम जितना जाना था उतना ही जा सके, लेकिन का भी कहना है, का कहना कहना है, है, माताजी मेन सबसे ज्यादा मेरे दामाद और मेरे स्वप्नाली का कहना है कि गुरु एक बार मानसर और यात्रा करें, तो सब ठीक चलेगा तो अगस्त या सितंबर में मैं मानसरोवर कब जाना है इसका अनाउंसमेंट दूंगा हम सब लोग साधक एक बार घर से मिलने फिर जाएंगे उस समय जब गए थे तो हमने पत्थर का स्वामी निकले जी का मंदिर बांधा था इस बार सब लोग एक एक लेकर जाएंगे और एक भव्य मंदिर बांध कर आएंगे स्वामी निकलेश आप सभी से आशीर्वाद देता हूँ कि कार्य हमारे हाथों से हो और आगे हम इस मानसरोवर की यात्रा का निर्णय और अभी का कहना है कि 21 अप्रैल जो गुरु जी का दिवस है उसको मुक्ति धाम में मनाएंगे ऐसा उनका कहना है हो सके तो हम हिमालय की वो यात्रा इसलिए करेंगे कि की हम मैं जीव काटे जी और दिवाली जी हम सब लोग थक बुढ़े हो जा रहे हैं लेकिन मैं बुढ़ा नहीं हुआ वो कितना भी कर लो मैं भी मैं दाँगा। दाँगा। दाँगा। दाँगा। लो मैं अभी भी जाऊँगा वहाँ गुरु जन्म दिवस मनाएंगे क्योंकि सिक्किम में मनाया था तो अभी गई कि वहाँ आते हैं तांत्रिक क्षेत्र में श्रेष्ठ क्षेत्र कहलाया जाता है तो मुक्तिधाम हिमालय है ऊपर अपने को घोड़े पर या जाने के लिए है जिसमें सक्षमता है वो आएगा जरूर जो गुरु से प्रेम रखता है वो आएगा जरूर मुक्तिधाम में कहते हैं कि गुरु जी नरनारायण पर्वत के पास एक कंचन और कानन ये दो शिलाओं पर उन्होंने अफसर को बुलाकर नचाया था ऐसी साधना स्थली गुरु जी की है हम मगर हो सके तो मुक्तिधाम जरूर जाएंगे आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आज रात में आप यहाँ मुकाम करें और कल सुबह एक बार सात बजे मुझे मिलकर नमस्कार करते हुए आपको ऐसा तो आप आप एक बार जय खुश करेंगे भगवान ने की ये निमेश पटेल है जो गोंदल में जन्म दिवस का कार्यक्रम करना चाहते हैं मैं उन्हें माइक दे रहा हूँ आपको अपमान करते हैं कि आप आ जाए परम प्रोजेक्ट गुरुजी और माताजी एवं सभी साधक मित्रों और आश्रम वासियों आज सबके मतलब हम हमारे आनंद की आज कोई सीमा नहीं है यही आनंद उल्लास और उमंग हम सबके चेहरे पे इतना दिखाई दे रहा है कि हम सब लोग वापस फिर से यही गुरु पूर्णिमा शिविर में निखिल चंद्रा निखिल चेतना केंद्र परिवार के साथ वापस मिले हैं। आज मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर गुरु पूर्णिमा के शिविर में कौन आए थे कोई हाथ उचा करके बताएगा ओह मतलब हम गिन सकते हैं कि बहुत कम लोग आए थे क्योंकि थोड़ा लॉकडाउन की वजह से सब लोग पहुंच नहीं पाए थे तो मतलब मैं गुरुदेव को कहना चाहती हूँ कि रियली एंड डियरली मिस दी लास्ट गुरु पूर्णिमा शिविर मतलब जो हर साल गुरु पूर्णिमा में आते हैं और एक बार छूट गया तो क्या सबका कहना क्या है में क्या किया है क्या? जिसने बहुत मिस किया है वो दोनों हाथ ऊंचा कीजिए और जिसको और दो ने किया है वो बाजू वाले का भी हाथ ऊंचा कीजिए और उसका पेड़ भी ऊंचा कीजिए ठीक है तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक शिविर एक ऊर्जा है हमारे में एक एनर्जी पैदा करती है हमारे लिए एक चार्जिंग स्टेशन है अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सब आ रहे हैं तो माला मतलब हमें मालूम है कि चार्जिंग स्टेशन एक नेसेसिटी बन गया है तो ऐसी शिविर ही हमारे लिए वो तो चार्जिंग स्टेशन होती है, है कि नहीं और शिविर में हम क्या लेके जाते हैं कुछ ना कुछ नई साधना है वी नीड साधना मतलब सही है ना कि वी नीड साधना तो आप सब मेरे साथ एक बार बोलोगे आज गुरु पूर्णिमा है तुम गुरुजी से गुरुजी को भी बताएं कि ये साधना हमारे लिए क्या है हमारे जीवन में क्या है तो मैं जो भी एक सेंटेंस बोलू इसके पीछे आप सब लोगों को दोहराना है वी नीड साधना बराबर है जीवन के दरेक चैलेंजिस में वी नीड साधना है। जीवन के दरेक चैलेंजेस में वी नीड साधना है संबंध के खाराश में वी नीड साधना फर्नीचर और फैसिलिटी में वी नीड साधना फर्नीचर और फैसिलिटी में वी नीड साधना का रिचार्ज करने वी नीड साधना है मोटिवेशन का का रिचार्ज करने, साधना है, है है, अभी थोड़ा थोड़ा कोविड सिचुएशन चल रहा थोड़ा रहा तो कुछ लाइन याद उन के हर एक महीने में वी नीड साधना है, के हर एक महीने में वी नीड साधना है, को सैनिटाइज करने वी नीड साधना है, इम्यूनिटी का इंजेक्शन कुछ और भी सकते रैपिड तो तो तो रहती है तो विकृति का वायरस दूर करने के लिए वी नीड साधना क्योंकि कल भी गुरु जी ने बोला था कि हम हमारे लिए ना सोच के समाज और देश के भी खेल है जो हमारे अंदर का ही विकृति एक एक करके निकल जाएगा तो डेफिनेटली हम कुछ आगे कर सकते हैं। बराबर है फिर से एक बार गुरु जी के लिए हम पिछले डेढ़ साल में बहुत ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं कि हम नहीं जानते थे कि हम इसके सामने किस तरह से टिक पाए लेकिन जो हम आपकी साथ रहके साधनाएं करते और आपका जो आशीर्वाद हमारे साथ है इसीलिए ही हम ये सब परिस्थिति के सामने टिक सके हैं तो और थैंक्स टू गुरुदेव थैंक्स टू गुरुदेव थैंक्स टू गुरुदेव ऐसे गुरुदे। ही हम शिविर के माध्यम से एक चार्जिंग करते रहे तो जो गुरु जन्म दिवस का शिविर हर साल हम गुजरात में मना रहे हैं तो इस बार का भी शिविर जो गोंडल में है और राजकोट डिस्ट्रिक्ट राजकोट उनका जो डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद से भी आ, आ सकते हो हमारा नंबर मिल जाएगा आपको तो आप सबको हमारे तरफ से और निखिल चंद्रा परिवार केंद्र की तरफ से सबको हमारा दिल से एक आमंत्रण है कि आप सब लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही मज़ा करेंगे जो लास्ट ईयर का शिविर तो कुछ छोटा सा उसके पहले हम जूनागढ़ भी मिले थे तो आप जरूर से जरूर इतना तो हम कह पाते हैं कि जो भीड़ इधर देख रहे हो कभी गुजरात में नहीं देखी तो हम सब लोगों का एक वो है कि जितना भीड़ गुरु पूर्णिमा दिखे उतना भीड़ गुजरात में दिखना चाहिए को हमारी तरफ से आमत कि आप सब आइए क्या ओके थैंक यू गुजरात में भीड़ देखने के लिए वी नीड आप सभी को अपना आशीर्वाद देता हूं हिमेश पटेल गोपी बीबीन ने जो बात कही है वो ठीक है अभी स्वामी निखिलेशराम जी का नाम हो और हम कहें उनकी रक्षा उनकी शिक्षा उनकी जो कहनी है उनकी जो साधना है उनको समाज के हरेक क्षण तक पहुंचाए हम पहले से कर्म को मानते थे उस कर्म की वह धरती यहाँ आए और उस कर्म को मानते हुए किसी की, की मजा ने हाँ दाने को दाने को दाने। आप सब लोग आप सब लोगों को पुनः आशीर्वाद देता हूँ और कल सुबह आपको मिलने का वादा करता हूँ कल सुबह आपकी जो भी समस्या है सुनूंगा दिन भर सुनता रहूंगा और आप ये कर लेकर आप अभी खाना जाएंगे गुरु जी बजे तक आपको यही बैठा मिला मिलूंगा कल आज आप सब लोग साधना पूर्ण कर ले और साधना पूर्ण करने के बाद भोजन कर ले और आप विश्राम करें मैं कल कर सुबह आपको सात बजे यहाँ मिलूंगा एक बार जय बोलो देव भगवान की माता जी की गुरुपुत्र गुरुदेव की की परिवार की परिवार बोलो हारा, हारा, हारा। सभी को विदाई का कार्यक्रम कल सुबह मनाऊंगा अब सभी को विश्राम के लिए कहता हूँ वह अक्सर कुछ बोलना चाहते हैं उनको पकाना नहीं आता बोलने के लिए आ रहे हैं पका तो ये लोग नहीं <laughs>